जय हिंद ये विज्ञान का पार्ट पाँच है जो लोग एक से जो लोग एक से चार तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर चले जाएं या फिर यहां पर एक आई बटन होगा उस आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं आ, तो आज के मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है ऑप्शन था एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा या पारद थर्मामीटर द्वारा या फिर अधिकतम पठन थर्मामीटर द्वारा या फिर निम्नतम पठन थर्मामीटर द्वारा तो आप लोगों का इस प्रश्न का सही उत्तर बताना चाहिए था ऑप्शन ए एल्कोहल थर्मामीटर तो प्रश्न नंबर इकतीस है क्यूसेक से क्या नापा जाता है ऑप्शन ए जल की शुद्धता बी जल की गहराई सी जल का भाव या फिर डी जल की मात्रा तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा पेपर पेन लेकर मेरे साथ हल करिए लास्ट में बताइएगा कि आपसे कुल कितने प्रश्न सही बने और यह मॉक टेस्ट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जल का बहाव क्यू से जल का बहाव नापा जाता है प्रश्न नंबर बत्तीस मेरा ऑप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए तो ऑप्शन ए है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए बी है हीरे की मोटाई मापने के लिए सी है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए या फिर डी शोर के मापन के लिए तो डाप्सन जो इकाई है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है ये बताना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है नंबर 33 महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है आप ने सी ऑडियोमीटर बी गैल्वेनोमीटर, सी सेंटेंट या फिर डी सोनार तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा सोनार अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा सवाल बताना है कि सोनार का फुलफार्म क्या होता है प्रश्न नंबर चौंतीस ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है कौन सा ऑप्शन ने क्रोनोमीटर बी एनीमोमीटर सी ऑडियोफोन या फिर डी ऑडियोमीटर तो प्रश्न नंबर चौंतीस का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑडियो तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर पैंतीस पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है आप सब ने वायुमंडली के बी आर्द्रता के सी उच्च ताप के या फिर डी घनत्व के तो पायरियोमीटर जो है वो किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है ये बताना है प्रश्न नंबर पैंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रश्न नंबर छत्तीस एनिमोमीटर में एनमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है ऑप्शन ए पानी के बहाव की गति का बी पानी की गहराई का सी पवन बेग का या फिर डी प्रकाश की तीव्रता का तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है पानी की गहराई तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पवन का बेग मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का प्रश्न नंबर 37 इसमें सूची एक में राशियां हैं भौतिक और सूची टू में इकाई है तो इसमें मैचिंग करना है जोड़ा मिलाना है कि त्वरण का संबंध त्वरण का हेम मापा जाता है किसी इकाई में मापा जाता है तो त्वरण मापा जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में बल जो है बल मापा जाता है न्यूटन में बल नापा जाता है न्यूटन में कृतकार्य नापा जाता है जूल में और आवेग की इकाई है मापने की न्यूटन सेकेंड तो इस प्रकार से एक का फोर से बी का थ्री से सी का वन से और डी का टू से फोर थ्री वन टू इस प्रश्न का सही कोट होगा फोर थ्री वन टू इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर अड़तीस है निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है कार्य का ईसाई मात्रक जूल है बी बल न्यूटन है सी द्रव्यमान का किलोग्राम है डी दाब का डाइन है तो इसमें ये बताना है कि ईसाई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो प्रश्न नंबर अड़तीस का सही उत्तर होगा मैच करके देख लेते हैं ऑप्शन ये है कार्य जूल कार्य का ईसाई मात्रक जूल है हाँ बिल्कुल है सही है बिल्कुल ये बिल्कुल सही मिला है बी है बल का न्यूटन है ये भी सही मिला है सही द्रव्यमान का किलोग्राम ये भी सही है डी है दाब का डाइन ये गलत है क्योंकि दाब का पास्कल होता है प्रश्न नंबर उनतालीस सूची वन को सूची टू से मिलाना है सूची वन में इकाई है सूची टू में प्राचल है तब तो देखिए वाट से शक्ति मापते हैं नाट समुद्री जहाज़ की गति नापते हैं नॉटिकल मील से संचालन का प्रयोग किया जाता है और कैलोरी से उष्मा मापते हैं तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फोर थ्री टू वन तो इस प्रश्न का इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फोर थ्री टू वन फिर से जोड़ा मिलाना है और एक तरफ दिए गए हैं मात्रक एक तरफ उनकी राशियां दी गई हैं तो देखिए जूल से क्या मापते हैं तो जूल से मापते हैं कार्य को एम्पियर से धारा को वाट से वाट से सामर्थ्य को नापते हैं वोल्ट से विभवान्तर को और कैलोरी को उस से तो इस प्रकार से सही उत्तर जो इसका बनेगा थ्री वन टू फोर फाइव थ्री वन टू फोर फाइव विकल्प में देख लेते हैं तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थ्री वन टू फोर फाइव प्रश्न नंबर इकतालीस निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए है नाट जहाज की चाल की माप क्या यह सही सम्मिलित है बी है नाटिकल मील नव संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या है भी सही सुमिलित है एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की इकाई है जबकि डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है तो इसमें बताना है कि कौन सा एक सही, सही सुमिलित नहीं है तो प्रश्न नंबर इकतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है प्रकाश वर्ग दूरी की मापने की इकाई है प्रश्न नंबर बयालीस सूची वन को सूची टू से मिलाना है तो एनिमोमीटर एनिमोमीटर से मापा जाता है वायु का वेग सिस्मोग्राफ से भूकंप बायरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर से आदरता तो इस प्रकार से इस सवाल का सही कोड बनेगा ए का थ्री से बी का वन से सी का टू से और D का 4 से 3124 तो विकल्प में देख लेते हैं 3124 इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन D प्रश्न नंबर तैतालीस निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें भी सही सुमेलित करना है तो क्या माइनोमीटर से दाब नापा जाता है कार्बोरेटर का, का काम आंतरिक दहन इंजन होता है या फिर कार्डियोग्राम से हृदय गति मापी जाती है या फिर सिस्मोमीटर से पृष्ठ की वक्रता नापी जाती है इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है बाकी तीन सही सुमेलित हैं तो इसमें बताना है कौन सा गलत मिला हुआ है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिस्मोमीटर सिस्मोमीटर से पृष्ठ की वक्रता नहीं नापी जाती है जबकि भूकंप की तीव्रता नापी जाती है तो प्रश्न नंबर चवालीस झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है आप सने पॉलीग्राफ बी पाइरोमीटर, सी गायरोस्कोप या फिर डी काइमोग्राफ तो प्रश्न नंबर चवालीस इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था यह वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का जवाब देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद